मेरा आपको नजर आ रहा होगा कि रिमूव इन मैं इधर एक अरे लेता हूँ ये तो मैंने एक अरे ले ली हम जो रिसोल्व करेंगे ना वो हमारे पास जावा टू साइड हमने हम इस तरह में वैल्यू देखनी है तो हम जी तो मैं इधर कंसोल करवाने लगा यूनिक को तो आपके सामने मिल्ट आएगा जैसे मैं इंटर करता हूँ आप देखिए जिस तरह हमारे पास ऊपर अरे में तीन दफ़ा चार और दो दफ़ा तीन आ रहा था जैसे ही मैंने डुप्लीकेशन अरे खत्म की है यू सेट के मैथड तो जैसे ही मैंने डिफिकेशन न्यूज सेट का मैथड किया तो आज की इंशाल्लाह इसी तरह के मैं तो पेक्चर्स के जो है ना